काली मिर्च के साथ मिश्री का करें इस्तेमाल सेहत के लिए है बेहद फायदेमंद काली मिर्च और मिश्री दोनों ही सेहत के लिए फायदेमंद हैं, लेकिन जब इन दोनों का साथ में सेवन किया जाता है तो इसके गुण और भी बढ़ जाते हैं तो आइए जानते हैं इनके फायदे अगर मिश्री और काली मिर्च को एक साथ खाया जाए तो यह सेहत को कई फायदे पहुँचा सकती है काली ऐसे में जब इन दोनों का सेवन साथ में किया जाता है तो शरीर के लिए यह कई मामले में फायदेमंद साबित होता है आइए जानते हैं की इस मिश्रण के सेवन से सेहत को कितना फायदा मिलता है एक पाचन क्रिया के लिए अच्छा आमतौर पर पाचन क्रिया को अच्छा रखने के लिए लोग मिश्री के साथ सौंफ का सेवन करते हैं लेकिन आपको बता दें कि अगर आपके पेट में गैस कब्ज अपच की समस्या सूजन या पेट फूलने की शिकायत रहती है तो आप काली मिर्च के साथ मिश्री का सेवन करें पाचन क्रिया से जुड़ी सारी समस्याएं दूर रहेंगी दो दिमाग के लिए है फायदेमंद अगर कोई व्यक्ति अपनी कमजोर याददाश्त से परेशान है या मानसिक तनाव महसूस करता है तो वह काली मिर्च के साथ मिश्री का सेवन करे इसके सेवन से मानसिक थकान दूर होगी और याददाश्त भी अच्छा रहेगा इन दोनों के सेवन से नींद की समस्या भी दूर होती है आप अगर फ्रेश फील नहीं कर रहे हैं तो आप दिमाग को ताजा रखने के लिए इस मिश्रण का प्रयोग करें तीन वजन को कम करें काली मिर्च को अगर मिश्री के साथ खाया जाए तो यह वजन को कम करने में हेल्प करता है दरअसल काली मिर्च की ऊपरी परत पर फाइटोन्यूट्रिय मौजूद होता है जो शरीर के अंदर की वसा कोशिकाओं को तोड़ने का काम करती है वही मिश्री पेट को स्वस्थ रखने और भूख को नियंत्रित रखने का काम करती है ऐसे में अगर आप वजन कम करना चाहते हैं तो काली मिर्च और मिश्री के मिश्रण का सेवन कर सकते हैं चार गले की समस्या को दूर करें अगर आप काली मिर्च के पाउडर के साथ मिश्री और घी की कुछ बूंदें मिलाएं और इसे खाएं तो आपके गले में आराम मिलेगा यह तुरंत खांसी में भी आराम पहुंचाता है वही काली मिर्च गले में जमे बलगम को बाहर निकालने का काम बड़े ही आसानी से करता है पांच शरीर और ब्रेन को दे तुरंत एनर्जी काली मिर्च और मिश्री के मिश्रण का सेवन करने से तनाव कम होता है और बॉडी को भी तुरंत एनर्जी मिलती है यह शारीरिक और मानसिक थकाम को कम कर सकता है